भविष्य चलते हैं 2020 के लिए तो दर्शकों यदि आपका भी जन्म किसी भी माह की 9 तारीख 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है तो जान जाइए आपका मूलांक 9 है और आज हम बात करेंगे कि मूलांक 9 वालों के लिए साल 2020 कैसा रहेगा तो मूलांक 9 वाले लोगों आप लोगों के लिए साल 2020 आपके लिए अनेक नए अवसर ले करके आया है लेकिन उन अवसरों में से कितनों को आप पकड़ते हैं कैच करते हैं ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा मुलांक नाव वाले लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है नहीं यदि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे तो आपके कई काम बिगड़ते हुए दिखाई पड़ और आपको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है परिवार में आप सबकी आँखों के तारे बने रहेंगे माता पिता तथा वृद्धजनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ इस साल दिखाई पड़ रहा है उनकी सलाह और सहायता से आपको व्यापार में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको समय का पाबंद होना पड़ेगा क्योंकि संभव है कि इस साल आपको लेट लतीफी के कारण परेशानी उठानी पड़े यदि आप एजुकेशन फील्ड से हैं तो सस्पेंसन की तलवार आपके ऊपर लटक रही है आपको समय से अपने कार्य क्षेत्र पर ऑफिस इत्यादि में जाना पड़ेगा कोई नए बिजनेस की शुरुआत मूलांक 9 वाले लोग इस साल कर सकते हैं इस साल लव लाइफ भी आपको अनेक अनेक खुशियां देगी आपका प्रियतम भी आप पर जो है क्या कहते हैं जी भर के जो प्यार होता है ये आपको देगा दांपत्य जीवन में आपको व्यवहार और ईगो की प्रवृत्ति का टकराव बन सकता है जीवनसाथी के साथ वाद विवाद इत्यादि हो सकता है आपके जो जीवनसाथी हैं ये सक्सेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इनको कोई जॉब इत्यादि मिल सकती है सेहत के मामलों में ये साल अनुकूल रहेगा लेकिन आपको आपको नियमित व्यायाम करने के सितारे यहाँ पर सलाह दे रहे हैं इस वर्ष आपको कहीं लंबी जगह विदेश यात्राओं का योग मिलेगा और ये यात्रा जो रहेगी आपके लिए जो है सार्थक सिद्ध होगी देखिए कुछ यात्राएँ निरर्थक होती हैं कुछ सार्थक होती हैं तो मूलांक न वाले के लिए न वालों के लिए यात्राएँ जो रहेंगी सार्थक रहेंगी आपको कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुलाकात हो सकती है, जो आपके भाग्य में उन्नतिदायक साबित होंगे माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है खास करके आपके माता को पेट से रिलेटेड और कमर के निचले भाग से जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हो, को हो सकती है गठिया इत्यादि हो सकती है यूरिक एसिड इत्यादि बढ़ सकता है वहीं आपके पिता को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर के वो शिकार हो सकते हैं मूलांक नौ वालों इस साल यदि प्रमोशन अभी तक आपको नहीं मिला है तो आपको प्रमोशन ये साल दिलाएगा वो जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं उनके दम पर आप प्रमोशन प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं यदि आप ठेकेदार हैं या आप सरकारी जो है क्षेत्र में जो है टेंडर इत्यादि लेते हैं तो आपके लिए साल 2020 काफ़ी अच्छा रहने वाला है काफ़ी कुछ टेंडर आपको इस साल प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे धन मार्ग आपको जो है नए नए आयाम धन प्राप्ति के इस साल आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसके साथ साथ जो पूर्व में आपने निवेश किए थे उसका भी लाभ 2020 में आपको मिलेगा 2020 में अचानक से धन प्राप्ति होगी दर्शकों लेकिन जब धन आता है तो जाता भी उतनी ही वेग से है तो यहाँ पर सितारे कह रहे हैं कि आपका पैसा अत्यधिक खर्च होगा इस साल कोई नया वाहन इत्यादि आप क्रय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोई नया गैजेट इत्यादि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप क्रय कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई नया भूमि का टुकड़ा हो गया कोई नया फ्लैट हो गया या कोई नया मकान बनाने का योग बन रहा है तो ये सब चीज़ें दो में माफ़ करिएगा दो में मूलांक न वाले लोगों के साथ होगी कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए लेकिन अब चलते हैं उपाय पर दर्शकों उपाय क्या करना है सबसे पहली चीज़ देखिए शनिवार वाले दिन आपको दशरथ सुंदर कांड का पाठ करना रहेगा। शनिवार वाले दिन ही सुंदरकांड का पाठ अपने जीवन में उतार लीजिए इस पूरे वर्ष आप शनिवार वाले दिन सुंदरकांड जरूर पढ़िए सुबह पढ़ते हैं शाम पढ़ते हैं कोई मैटर नहीं करता लेकिन सुंदर आपको पढ़ना रहेगा दर्शकों शुक्रवार वाले दिन दूध में जो है मिश्री डाल करके बरगद के वृक्ष पर आपको चढ़ाना रहेगा और वो जो जो है मिट्टी जिस जगह आप चढ़ाएंगे उसका थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर जरूर करिएगा प्रतिदिन कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले गुड़ खा करके आपको जरूर जाना है सूर्य देव की आराधना कीजिए और डेली नारायण कवच का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा संडे वाले दिन नमक को एवॉइड करिए ब्लैक कलर को अपने जीवन से इस साल के लिए हटा देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा मुलांक न वाले तो ब्लैक कलर को आपको अवॉइड करना है दर्शकों नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब तो करिए जाते जाते दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार